Recipes with Vidya YouTube Channel पर आप सभी का स्वागत है Welcome to recipes with Vidya YouTube channel. आज हम देखने जा रहे हैं टेस्टी पुदीना की चटनी आप लोग देख रहे हैं रेसिपीज विथ विद्या YouTube चैनल आज हम देखने जा रहे हैं पुदीना की चटनी कैसे बनाते बनाई जाती है इसके लिए जो साहित्य है वो लिख लीजिए पुदीना चटनी बनाने के लिए हमें पुदीना फ्रेश पुदीना लगने वाला है जो इस तरह से हमने पुदीना के जो पत्ते हैं वो अलग कर लिए हैं उसे वॉश कर लिया है अच्छी तरह से हरी मिर्च हरी मिर्च ग्रीन चिली जीरा यानि सीड, नमक, यानी साल्ट छाज या कड़ हमने कर लिया है कड़ और लहसुन की कुछ कलियां हमें इंग्रेडिएंट के तौर पर लगेगी अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें शेयर करें पहले हम सभी पुदीना के पत्तों को हम मिक्सर में डालते हैं उसे हमें अच्छी तरह से पीसना है स्वाद के अनुसार हरी मिर्च हमने दो हरी मिर्च लिए, काफी तीखी है गार्लिक जीरा यानी कमेंट सीड एक चम्मच स्वाद के अनुसार नमक साल्ट और कर दो चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं इस सभी मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेंगे मिक्सर में चटनी अच्छी तरह से पीसने के लिए हमें कुछ पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा देखिए अब हमारी चटनी जो है मिक्सर में अच्छी तरह से बन चुकी है देखिए कैसी पतली होनी चाहिए याद रखें कि जो पत्ते हैं वो का बड़े ना रहे हमने पुदीना की चटनी इस बाउल में निकाली है देखिए कितना अच्छा कलर उसका आया है जिस जिस तरह से अच्छा कलर आया है उससे भी ज़्यादा उसकी सुगंध आ रही है देखिए अब हम इसको थोड़ा सजाते हैं कुछ पुदीने की पत्तियाँ हम उसके ऊपर अगर रख दें तो और भी अच्छा लगता है इस पुदीने की चटनी को हम सैंडविच के साथ में आ, सर्व कर सकते हैं देखिए ऐसे अलग अलग वीडियो हम विद्या रेसिपी के चैनल से हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं और भी ऐसे जो वीडियोस हैं हम आपकी तरफ लेके आएंगे उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है बेल आइकॉन को दबाना है और अगले वक्त हम ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो आपके सामने दे के आएंगे धन्यवाद